यार मतीन साहब ये है मेहमद उम्र 25 साल और रिलेशनशिप्स के बारे में बात करना इनका पसंदीदा मशगल है की फिर बढ़ गई है और ये मतीन साहब उम्र पचपन साल और ये कामयाब लव मैरिज को लेकर चल रहे हैं सो डेफिनेटली मोटिवेशन जी ये हैं 18 साल दो गर्ेंड्स हैं और प्यार से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं सलाम सलाम। जनाब। और ये हैं हादी उम्र चौबीस साल लॉन्ग टाइम से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। और क्या हाल है? गायब हो आजकल। और बड़े होके फिरते फिर <laughs> कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। यार कोई तो बात है लड़की वड़की का तो कोई चक्कर नहीं है लड़कियों का क्या है तेरे भाई वैसी मरती है। तो भाई ही मरती मरती हैं हैं कितनी दो है। दो दो तीन तो मरती दो या तीन तो या साहब आप क्यों हंस हसरा हो के दो तीन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो मतन साहब मैं प्यार करता हूं सबको नहीं, मतलब हेमन को तो प्यार करता ही हूं मैं और बाकी वतीन आप नहीं समझेंगे आपको तो क्या हैं बेटा तुम जानो प्यार के बारे में तुम्हें तो पता ही नहीं प्यार होता क्या है अच्छा तो फिर आप ही बता दें क्या होता प्यार हम्म प्यार जब प्यार होता है ना तो आपके सामने आपके महबूब से खूबसूरत अमीर और बेहतर शख्स भी आ जाए ना तो आपका महबूब आपके लिए हमेशा सफेद नजर नहीं आती सही बात है प्यार यही होता है तो आपको उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता और ये है शहराज भाई उम्र 35 साल ये लव लव मैरिज मैरिज के के क्योंकि इनकी अपनी ही बाद हो गई क्या चीज़ है ना प्यार एक शख्स को दूर बैठा आपसे आप उसे मिल भी नहीं सकते आपके पास चॉइस भी हो कि आप उसके साथ ख्यालत कर सको आप फिर भी ना करो अपने आप को अपने लवर के लिए प्योर रखो रहो के उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना उसको जो चीजें पसंद है वो करना उसके को अपने बना डिस <laughs> तेरा भी सही है क्या मतलब यही के कब तक दे पाओगे कुर्बानी? हमेशा बेटा तुम तो एक बार शादी करो पंद्रह दिन में तुम्हारा जो ये प्यार का भूत फुद तो है ना खुदरा डर जाए मुझे कहना आप मुझे भी बहुत प्यार था लोग कहते हैं वो दिल का बहुत अच्छा है वो दिल का बहुत अच्छा है मैं कहता हूं कि हर कोई दिल का अच्छा तब तक जब तक किसी से दिल न लगे क्यों तीन एक दूसरे को देखने के लिए तरसते थे हम सुबह तक जागते थे बातें करते थे शायद सारी बातें शादी से पहले ही कर ले उसके बाद तो बचा ही कुछ नहीं और सुनाओ तुम सुनाओ इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं थी माने लग मुझे तो डाउट होने लग गया था कि मुझे उससे प्यार था भी मतलब यार ये कैसे मुमकिन है? एक शख्स के लिए आप सब कुछ कुर्बान करने का है। और जैसे ही उसे हासिल कर लेते हो, तो बढ़ने की बजाय आपको वो शख्स देखना भी नहीं है। कितना अजीब ना अहमद यार तेरा क्या ख्याल है तू तब से सबकी सुनी जा रहा है पर बोला कुछ नहीं तो मैं बोला तो लोग बुरा मान जाएंगे मुझे लगता है कि प्यार की उम्र होती है। अगर ये हासिल हो जाए, भाई ऐसा नहीं होता। तो यार बात ये है कि मेरे मुताबिक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अच्छे भी, भी नहीं गर्लफ्रेंड क्या आप उठाते हो नोदने के डर से कभी कभी उसके झूठ को भी सच मान लेते हो उसी खोफ से कभी कभी खुशी से भी उसके लिए करते बट ज्यादातर भाई खौफ से जब शादी होती है तो वो खौफ निकाह के दस्तखत के नीचे छोड़ते फिर आपसे नखरे नहीं उठाएंगे आपको फिर जब नींद आती है तो आप समझ, आप समझ रहे हैं ना फिर आपको कद्दू नहीं पसंद तो आप नहीं खाओगे आपको फजूल कर नहीं करनी तो आप नहीं करोगे फिर आपको हर टाइम जानू बाबू शोना ये नहीं कहना तो आप नहीं कहोगे और वो हर बार बोले तुम बदल गए तो तो सही है उसकी लेकिन आपका रिश्ता भी तो बदल चुका है अब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं रहे ना अब आप मिया बीवी बन चुके हो मेरा हर किस मतलब नहीं है कि मिया बीवी में प्यार नहीं होता लेकिन जैसा शादी से पहले एक्सपेक्ट किया जाता वैसा नहीं आप कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देंज कामयाब होती है या नाकाम लफ्ज से निकले खजाने से सच के पैमानों से पी रहा पानी से नहीं। ये फिर भी नहीं लाया गवाबी में ये तो गे अंधो में गाने